बायोफोर्ट का अगला उत्पाद है पौधों पर जैविक और अजैविक प्रभाव के खिलाफ सुरक्षा कवच यानी पॉलिसिल पॉलिसिल में घुलनशील सिलिकॉन के साथ साथ पोटैशियम और बोरोन भी मिलता है सभी जरूरी तत्वों में सिलिकॉन का ही प्रथम स्थान जो कि कृषि में अब तक नजरअंदाज रहा पर नई खोज ने ही सिद्ध कर दिया की पौधों को बढ़ने के लिए जहाँ कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस, पोटासियम और दूसरे तत्व जरूरी हैं, उसके साथ ही पहले नंबर पर सिलिकॉन तत्व भी जरूरी है तो आइए अब आपको बताते हैं पॉलिसिल का पौधों पर क्या काम होता है पॉलिसिल पौधों को प्राकृतिक जीविक और आजीविक बुरे प्रभाव से बचाता है पत्तों को कठोर करता है जिससे पानी का निकास कम हो जाता है और पौधे जमीन में कम पानी के साथ अधिक समय तक हरे भरे और बढ़ते रहते हैं पत्ते शाखाओं तने को कठोर करने से फफूंदी के हमले को कम करता है और फसल को तेज हवा चलने से गिरने से बचाता है आइए अब आपको बताते हैं इसका इस्तेमाल और मात्रा दो दिन मिलीलीटर पर लीटर पानी में डालकर पच्चीस दिन की फसल आरोप छिड़काव कर और फिर पंद्रह बीस दिन के बाद दोहराता इसको पॉलीग्रो के साथ मिलाकर छिड़काया जा सकता है इसका एक छिड़काव फल आने के समय पॉलीब्लूम के साथ किया जा सकता है।